एक शहरी उन लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने जितना नीचे गिराने की कोशिश की उतनी ऊंची बुलंदियाँ चूम रहा हूँ दुनिया ने जितना नीचे गिराने की सोची उतनी ऊंची बुलंदियाँ चूम रहा हूँ और धोखा देखे क्या उखाड़ दिया मेरा पहले सिर्फ एक कांटा था आज जाल लेवा हथियार बन के घूम रहा हूँ